दोस्तों मुश्किलें हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। आप चाहे गरीब हों या कितने ही अमीर क्यों ना हो मुश्किलें हमारी जिंदगी में जरूरी हैं। अगर आप लोग अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं चाहते तो ऐसा कीजिए मर जाइए क्योंकि मरे हुए को, को कोई भी मुश्किलें फेस नहीं करनी पड़ती अगर आप लोग जिंदा है तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें जरूर होंगी दोस्तों अगर सही मायने में कहा जाए तो प्रॉब्लम यानी की मुश्किल सिर्फ एक वर्ड है सिर्फ एक शब्द है असल में ये वो चीज़ है जिसे पार करने के बाद ही आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हो लेकिन दोस्तों अगर आप लोग कोई दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो तो आपके सामने सिर्फ मुश्किलें ही नहीं बल्कि मुश्किलों का पहाड़ आएगा और उस पहाड़ को पार करने के बाद ही आप लोग उस जगह पर पहुंच सकते हो जिस जगह पर पहुंचने का आज आप लोग सपना देख रहे हो इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रॉ बनते कैसे है स्ट्रॉन्नते हैं सक्सेस से नहीं सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है सच बताओ आप लोग अभी आप लोग नहीं होता है सक्सेस जब मिल जाते दिमाग खराब हो जाता है जो स्ट्रॉग बन है ना वो बता है ठोकर प्रॉब्लम को फेस कर